भारत जोड़ो यात्रा कटनी युवा अध्यक्ष दिव्यांशु हुए शामिल कहा देश के 135 करोड़ लोगों के हित की लड़ाई कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में कटनी जिले के युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा ने अपने साथियों के साथ पहुँच यात्रा के नेतृत्वकर्ता राहुल गांधी ऐसी मुलाकात करते नजर आए दिव्यांशु मिश्रा ने सोशल मीडिया में राहुल गांधी के साथ अपनी फोटो शेयर करते हुए बताया कि ये मेरा सौभाग्य है जो मुझे राहुल गांधी जैसे व्यक्तित्व का मार्गदर्शन मिला उन्होंने देश के इतिहास की सबसे बड़ी एवं अनुशासनपूर्ण यात्रा निकाली है राहुल गांधी देश के 135 करोड़ भारतवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं देश में बढ़ती महंगाई भ्रष्टाचार बेरोजगारी और भाजपा के झूठ फरीब के खिलाफ ये यात्रा निकाली जा रही है यात्रा में रोजाना लाखों की तादाद में जनता उनसे सीधे जुड़ रही है उनके साथ हाथों में हाथ डालकर कदम बढ़ाने में खुद को गौरवान्वित महसूस किया एमपी में भी भारत जोड़ो यात्रा जल्द प्रवेश करने जा रही है जिसमें युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास एवं एवं प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत बुरिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवा साथियों को यात्रा में शामिल कर जोड़ा जाएगा